मैं आपका दोस्त महादेव मैं अपने YouTube चैनल में हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं मैं आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे तो आज हम लोग निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी का फुल एनालिसिस समझेंगे आज का इंटरटे इंटर सर्टे भी समझने की कोशिश करेंगे कि और कल यानी एक्सपायरी डे है थर्सडे यानी एक्सपायरी डे के दिन किस तरह मार्केट के ट्रेड करने के चांसेस हैं वो भी है, आज हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया है बहुत सारा मैंने यहाँ पे एक, एक हार्मोनिक एक्स बी सी ड्रॉ किया और एक रेक्टेंगल पैटर्न भी यहाँ पर ड्रॉ किया मैंने तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता समझा हुआ तब वैसे आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता जाएगा ठीक है गाइज तो मैंने एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया आज के दिन अगर आज का इंटरटे सेटअप देखा जाएगा तो आज के मार्केट एक फ्लैट ओपन हो गया फ्लैट ओपन के साथ मार्केट कुछ पूरा रेंज बाउंड मार्केट रहा आज के दिन कोई आज के कुछ खास मोमेंटम नहीं था आज के मार्केट आज के दिन में तो मैं अपने एक सिंपल स्ट्रेटेज यूज़ किया है पैटर्न लगा इसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसका अगर ब्रेकडाउट ब्रेकआउट मिलेगा तो हमको अच्छे से बाइंग व्यू बना सकते हैं या ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमको सीलिंग व्यू बना सकते हैं ब्रेकआउट uh, हमको um, 17,560 के ऊपर आकर अच्छा प्राइस क्लोज करता है अच्छा वैल्यूम के साथ ऊपर का अगर प्राइस क्लोज करके ऊपर की साइड में अगर सस्टेन करेगा तो हमारा जो ये एक्स ए बी सी डी के हिसाब से, से मैंने ये लास्ट ला, वीडियो में बताने की कोशिश किया था लास्ट वीडियो में ये 1.41414 का एक मैंने लाइन ड्रॉ किया है उसके हिसाब से हमारा टारगेट आ रहा है सेवनटीन या सेवेंटीन थाउजेंड फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर उसके ऊपर भी अगर पॉजिटिव टू कंटिन्यू करता है तो हमारे वन एरिया है का उसके हिसाब से सिक्सटीन थाउजेंड सेवन हमारा कल के ऊपर के लेवल आ रहेगा जी और हम लोग अगर सेलिंग भी वो तभी बना सकते हैं जब 17,440 के नीचे अगर प्राइस क्लोज करता है यानी ये जो रेक्टेंगल पैटर्न है मैंने बनाया है इसका अगर ब्रेकडाउन देखकर नीचे के साइड में अगर मार्केट सस्टेन करता है तो उसके हिसाब से फर्स्ट टारगेट आ रहा है 17,350 अगर उसके नीचे भी अगर निगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू करता तो हमको ये सेवनटीन थाउजेंड थ्री इसका जो तो ये, ये लेवल है आ, सी पॉइंट का जो लेवल मैं बता रहा हूँ ये भी हम लोग कल देखने की संभावना है अगर मार्केट ये हमारी जो एक्स बी पैटर्न है एक्स ए हार्मोनिक अगर सी पॉइंट के नीचे मार्केट अगर प्राइस क्लोज करता है नीचे सस्टेन करता है तो हमारा इनवैलिड हो जाएगा ऊपर के लेवल सब इनवैलिड हो जाएंगे तब तक के लिए हमारा ये पैटर्न वैलिड रहेगा हम गए थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह हमारा निफ्टी निफ्टी फिफ्टी का कल का जो एक्सपायरी एक्सपायरी डे है उसका मैं लेवल बता रहा हूँ निफ्टी फिफ्टी का तो हम लोग सीधा जाएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने बैंक निफ्टी का पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम लगाया यहाँ पर मैं यहाँ पर एक सब मैंने सीधा एक नेक लाइन निकाला सपोर्ट लाइन निक एक नेक लाइन और उसके बाद इसके ऊपर भी मैंने एक रेक्टेंगल पैटर्न बताया आपको आज मार्केट कुछ खास नहीं था मार्केट वैसे सेम निफ्टी का व्यू था एक फ्लैट ओपनिंग के बाद पूरा पूरा दिन एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता हम दिखाई दिया हम लोगों को सेम निफ्टीफ्टी से ऐसा ही इसका अगर इसका अगर एक रेक्टैंगल का अगर ब्रेकआउट मिलता तो हमको फर्स्ट टारगेट मिल रहा है थर्टी उसके ऊपर भी अगर पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है थर्टी एक अच्छा हम सबको एक जैक एक्सपायरी मिलेगा 38,800 अगर वो ऊपर के साइड में अगर सस्टेन करेगा तो कल के दिन अगर सीलिंग व्यू का अगर बात करेंगे तो हम लोग थर्टी के नीचे हम लोग सीलिंग व्यव बना सकते हैं उसके हिसाब से फर्स्ट टारगेट आ रहा है 38,000 अगर उसके नीचे भी, भी हम लोग को थर्टी भी हम लोग कल के एक्सपायरी डे में देखने की संभावना है अगर नेगेटिव व्यू कंटिन्यू करता है तो हम लोग थर्टी सेवन भी हम लोग कल के एक्सपायरी डे में बहुत सारे देखने के चांसेस है अगर कल गैप अप या गैप डाउन ना बड़ा गैप अप और गैप डाउन लगता है तो मैं कल प्राइस एक्शन के हिसाब से में लेवल में अपडेट करूंगा ठीक है कहीं तो आज मैं ये वीडियो आज यही खत्म कर देता हूँ मैं आशा करता हूं आपको निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों इंटरटेन लेवल में आपको पता चले होंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा तब तक के लिए आलविदा दोस्तों थैंक यू धन्यवाद जय हिंद